मिन्नत हुए शिकवा हुए फरियाद हुए हम परगम के शिकंजे से ना आजाद हुए हम मिन्नत हुए शिकवा हुए फरियाद हुए हम परम के शिकंजे से ना आजाद हुए हम और आबाद हुए हमको सताते हुए रिश्ते रिश्तों को निभाते हुए बर्बाद हुए हम लहू में घुल के किसी के मिठास आती नहीं ये नेक नामी कभी चल के पास आती नहीं और जलील होने का करते हैं खुश सबक पैदा बहुत से लोगों को इज्जत विरास आती नहीं